डिंडोरी में नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक मार्ग के कम मुआवजा दिए जाने को लेकर किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है उनका कहना है कि एनएस से मिलने वाली राशि में किसानों से सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है डिंडोरी में नर्मदा एक्सप्रेसवे के नाम से बन रहे नेशनल हाईवे में किसानों ने आरोप लगाया की एन से मिलने वाली राहत राशि में किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है किसी को ज्यादा तो किसी को कम मुआवजा राशि दी जा रही है जिसे लेकर किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है और मांग की है कि एनएच की गाइडलाइन के अनुसार संबंधित किसानों को राहत राशि दी जाए आज आजोरी कलेक्टर पहुंचे क्या समस्या है यहाँ आवेदन किस चीज का आवेदन देने आए हैं आज ये हमारे खेत से रोड जा रही है कौन सी रोड जा रही है रोड जा रही तो क्या समस्या आ रही है? ये हमारे आजू बाजू वालों का बहुत पैसा बना हमारा बिल्कुल कम बना कितनी जमीन है आपकी मारी पाँच कर करीब कितना मुआवजा बना है लाख लाख आपके हिसाब से कितना बनना चाहिए था उसका? वारे से क्या चाहते हैं अब आपको अच्छा दिया जाए ये तो जमीन के बदले जमीन दिया जाए जमीन फंसी है जो एन एच का वो जमीन फंसी है एन एच का तो उसमें से कम से कम पैसे बनाए हैं और जमीन अधिक फसी है और पैसे उसकी मुआजा राशि कम बनाए जिससे कि इनको मतलब किसानों को बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतना में हमारे जिसकी जमीन पूरी चला जाएगा तो उनका जीव का अर्जन कुछ कैसे होगा हम लोग का कहना है कि हमें मुआवजा कम मिला है।